एक्सेल की सेटिंग्स से। है अब आप लोग सोचेंगे कि हम एक्सेल की सेटिंग्स पहले दूसरी क्लास में क्यों सीख रहे हैं देखिए एक्सेल की सेटिंग सीखना इसलिए जरूरी है आ, क्योंकि जब भी कोई हम नया डिवाइस लेते हैं तो उसको आपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं जैसे आप फोन ही खरीदते हो आप कोई फोन ही खरीदते हो तो फोन खरीदने में क्या होता है कि आप जो है उसकी जो रिंग है उसका जो वॉल है उसकी अलार्म सिस्टम है और डिफॉल्ट सेट होकर तो आती है फिर भी हम उसको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सुदा अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं सेम इसी तरह आपने एक्सेल नया लिया है इसके अंदर जो सेटिंग है सारे के सारे ग्लोबल सेटिंग है लेकिन फिर भी इसकी जो है बहुत सारी सेटिंग्स जो है हम चेंज करें तो बेनिफिट हो सकता है इस सेटिंग्स के बारे में पिछली क्लासेज में समझाया कि ऑप्शन के अंदर में अलग सेटिंग्स होती है अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं अब मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया था तो उनसे मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है तो उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी टाइपिंग एक्सेल में हिंदी टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है हमें क्या प्रॉब्लम होती है वो बोलते हैं हर एक सेल पे जाके हमें अपना फॉर्म चेंज करना पड़ता है हर एक सेल अब नब्बे उनका काम हिंदी में है दस इंग्लिश में है तो बोलते हैं कि मेरा हिन्दी ही रहे तो मैं इंग्लिश के लिए चेंज करूँगा तो ये देखिए जर्नल में यहाँ पे अपना जो है एरियल कर रखा है डिफॉल्ट कैलिरी होता है लेकिन मैंने एरियल कर दिया तो डिफॉल्ट होगा सेम साइज वगैरह यही होता है तो खास चीजें नहीं है लेकिन इसमें एडवांस भी कुछ चीजें खास है जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर डाउन आता है आता है सर आप यहां से लेफ्ट ऑफ राइट जो है चूज कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि वो डेटा एंट्री करते हैं आप मान लीजिए कि एक इंप्लॉई रिकॉर्ड आप एंट्री कर रहे हैं उसके तकरीबन डेढ़ सौ कॉलर है तो आप जुड़ने लोगों को क्या करता है एंटर मारने की आदत होती है एंटर मारते कर्ज नीचे आ जाता है वो लोग जो है एंट्री के जगह पे लेफ्ट या राइट सिलेक्ट कर लेते ताकि वो आगे की तरफ बढ़ता जाए और इंट्री सेम रो में हो रो चेंज ना हो उसी तरह से यहां पे देखिए अगर अगर अभी क्या है कि इस पे अगर आपने क्लिक कर दिया तब क्या होगा कि आप एक्सल में जो भी नंबर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली हंड्रेड से डिवाइड हो जाएगा इसका यूज करते हैं हम लोग जहां परसेंटेज में लिखना होता है और परसेंटेज फॉर्मेट बिना अप्लाई किए जैसे कि आपको 50 की जगह पर लिखना है जीरो फाइव अगर आपने इस पे तो क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा 50 0.50 ही 50 लिखोगे लेकिन ऑटोमेटिक वो डिवाइड होता जाए उसके बाद आता है फिलर जैसे मान लीजिए कर्सर से पकड़ के ड्रैग कर देते हैं तो इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं अनचे कर दीजिए ये आपका ड्रैगिंग पॉइंट जो बनता है नहीं बनेगा इसी तरह की छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं जैसे कि और भी चीजें यहाँ पे है जैसे कि आपको बार, बार यहाँ से रिमूव कर सकते हैं सीट के जो नेम है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं डर फुटर जो है यहाँ से कर सकते हैं हैं हैं पेज ब्रेक सकते सकते या हटवा जीरो जीरो को ब्लैंक देखिए है छोटी मोटी चेजिए इसमें जो मेन है वो है कस्टम लिस्ट एडिट कस्टम लिस्ट अब कस्टम लिस्ट क्या होता है आप चीज को जानिए जैसे मैंने यहां पर मैंने यहाँ पे जैन लिखा और हमने इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो जैन का अब संडे लिखते हैं तो संडे को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं बर्थडे तो ट्यूजडे आ जाता है तो क्या मैं यहाँ पे पूजा लिखूं और ड्रैग करूं तो क्या है पूजा के बाकी टीम में नाम आ जाएगा सिस्टम सिस्टम में में तो सिर्फ पूजा पूजा पूजा ही आएगा, लेकिन मेरे देखिए उदय क्यों आया ग्रुप में दे रखा होगा सर वहां पे हाँ हाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको एड़ौ, के अंदर कस्टम के अंदर हमने क्रिएट कर रखा है लिस्ट अब क्या होता है कि आपके पास कुछ टीम लिस्ट है जिसको बार -बार आप या सिटी टाइप कर दिए ऐसे लिस्ट को आप यहां न्यू लिस्ट में जाए और एड कर दिए बनाया हुआ है ना सर और फिर एड पे ऐड कर दे तो ऐसे लिस्ट एड होने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी फाइल के अंदर में आप कोई भी एक लिस्ट का वैल्यू लिख के जब ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा और इसका यूज हम लोग सॉर्टिंग में भी करते हैं जिसे आपको डेटा जो शॉर्ट करना है वो करना है मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कि कैलेंडर ईयर के, के अकॉर्डिंग तो यहां देखिए मैंने फाइनेंशियल ईयर का डेट मंथ सीरीज बना रखा है और सिलेक्ट कर और ध्यान रखिएगा जो भी सेटिंग में हम चेंजिंग कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक किसी फाइल में नहीं हो रहा है पूरी पूरी की पुरी में हो रहा है तो जिसका इफेक्ट है वो हाँ एक फाइल पे इफेक्ट सर एक चीज पूछना था यहाँ पे इसका लेंथ कितना रहेगा क्या मतलब कितने रू देखिये एज पर एक्सल लिमिटेशन टू ओके लेकिन मैं कभी इतना किया नहीं हूँ तो मैं और इसमें इस एक इस चीज़ और इसमें हम पेस्ट कर सकते हैं हमें हाँ, पेस्ट कर कर सकते हो, भी कर सकते हो हो भी देखिए आप इसको सिलेक्ट कर लिया लिस्ट अपना सिलेक्ट कर लीजिए जी और इम्पोर्ट कर दीजिए यहाँ से ओके ठीक तो है इस समझ में आ गया सर आपको जी जी जी छोटे मोटे ऑप्शंस है लेकिन जो जरूरत है वही चेंज करना चाहिए अब अब बात करते कस्टमाइज़ सॉरी। ऊपर देखिए जो आपके सामने मेनू बार लिख रहा है आज का जैसे ड्रॉ का जो मेनू बार है मुझे नहीं चाहिए आप यहां से उसको अनचेक कर या आपके सिस्टम में डेवलपर का टाइप नहीं होगा तो अनचे होगा चेक करते ही आपको यहां पर आ जाएगा तो अगर आपको कोई मेनू बार हटाना है या कोई मेनू बार वापस शो करना है तो कस्टमाइज रिवन में इसका यूज कर सकते हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि रिवन में है ही नहीं देखिए देखिए कमांड नॉट इन द रिवन देखिए इतने सारे जो कमांड है रिवन में अवेलेबल ही नहीं है अब जो कमांड आपको चाहिए उस कमांड को सिलेक्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए जिस मेनूवार जिस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं ठीक है सर जी जी कर लीजिए करके बताऊंगा आप जैसे एक होता है हमारे पास फॉर्म ले फॉर्म और मैं डेटा मेनूवार में, में फॉर्म को ऐड करना चाहता हूँ अब किसमें ऐड करूं अगर मैं इसको क्लिक करके ऐड क्योंकि तो ये सब फुल है प्री इसको एडिट नहीं किया जा सकता तो आपको एक बनाना पड़ेगा न्यू ग्रुप आप इसमें इसको ऐड कर ऐड हो गया डेन ऑफ कीजिए आप डेटा विनिवार के अंदर में आप जाते हैं तो ये देखिए आपके सामने फॉर्म ठीक है <laughs> तो कस्टमाइज रिबन में अपने को कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसके अलावा आता है क्विक एक्सेस सर ऊपर आपको दिख रहा है नहीं। जो कुछ इसी को बोलते है क्विक जो कुछ दिखे हैं क्विक एक्सेस टूल बात कमान बहुत ज्यादा यूज करते हैं पांच सात कमान ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं फिर उसको ऐड कर रखा है इसका बेनिफिट क्या होगा कि इसे मुझे अप्लाई करना होगा तो मुझे ऑल्ट की प्रेस करना है ऑल्ट की प्रेस करते ही ऊपर देखिए ये तू आ गया देखिए ऑल्ट यहां पर इस पर क्लिक कर दू या फिर टू नंबर प्रेस कर दू अप्लाई शॉर्ट बन गया ऑल टू ठीक है सर राधेश राम जी, जी, जी समझ में आ गया जी जी सर समझ में आ, गया।, जी, जी, सर, आ गया।, जी, जी, सर, गया अब इसका बेनिफिट समझ में पा बात नहीं माना गया बेनिफिट क्या है देखिए ऑप्शन क्या है समझना बड़ी बात नहीं होता आप एक्सल एल्फ से भी समझ सकते हैं बट इसकी बेनिफिट इसकी यूटिलाईशन समझना सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे कि मैंने कस्टम लिस्ट के बारे में बताया तो कि उसकी बेनिफिट उसकी यूटिलान है कि आपके पास ऐसे लिस्ट होंगे जो बार बार टाइप करना होता है ऐसे लिस्ट का आप ला सकते हैं ताकि ऑफिस में आपको बांटा बार बार टाइप करना ना <coughs> ठीक है सर अब बात करते हैं कि चलो आप आप क्लासेस हमारी ले रहे हैं आप हमारी क्लासेस ले लेंगे आ, महीने दो महीने की बात खत्म हो जाएगी आपकी अब आप, साल दो साल बाद आप चीजें कुछ चीजें भूल जाओ जैसे हो सकता है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आपको याद था बट यू फॉर गेट भूल गया पर थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो आप उसको वापस रिकवर कर सकते तो मैं इस पे जस्ट कर्सर रखूंगा एक स्क्रीन टिप्स मुझे मिल गया देख रहे अब आप लोग जो है क्या बोलते हैं पब्लिक स्कूल से पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे लेकिन हम जैसे लोग जो राजकीय उच्चित विद्यालय से पढ़े थे को समझना थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो उनके लिए यहां मी मोर ऑप्शन है क्लिक कीजिए क्लिक करते ही पूरी की पूरी <laughs> मतलब सॉरी क्या रही <laughs> पूरी की पूरी विजुलाइजेशन और पूरी की पूरी यहां पे देखिए वीडियो के साथ पूरा एकदम डिटेल में <laughs> अलग अलग <laughs> पर जनरली हम लोग क्या करते जनरली हम लोग इसका यूज जो है इसमें करते हैं गूगल पे अब कोई चीज की प्रॉब्लम होती है तो क्या इस सर्च करते हैं गूगल पे सर्च करते हैं बट गूगल पे जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्या होता है किसी ना किसी वेबसाइट ब्लॉग आर्टिकल से लेता है गूगल खुद से फ्री देता है गूगल के पास खुद का कुछ नहीं है हो, अब वो प्रूफ इट तो नहीं, नहीं है। वो तो किसी की आर्टिकल है वो ने उसको तो नहीं किया है कि हाँ, इन्होंने करेक्ट लिखा गलत भी हो सकता है लेकिन हेल्प एक्सर हेल्पुल चीजें मिलेगी हंड्रेड परसेंट आपको करेक्ट मिलेगी जैसे कि मैं बात करूंगा लिमिटेशंस की कि किस फीचर्स का मैक्सिम लिमिट क्या है तो इसी सर्च बार में आप सर्च करें लिमिट आप इसको ऊपर भी सर्च कर सकते हैं या एफ प्रेस करके भी सर्च कर सकते हैं देखिए एक्सर स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे फीचर्स एंड मैक्सिमम लिमिट जैसे कि ओपन वार्थ बुक आप कुछ लोग बोलते हैं अनलिमिटेड देखिए जहां तक मेरा मानना है कि एक, किसी भी अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी कंप्यूटर नॉट ए मेरी कंप्यूटर अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता है जब भी हम कुछ इवेंट करते हैं अपने कंप्यूटर में जैसे कि मैंने यहां पे ए लिख दिया तो मेरी मेमोरी में, में, में चाहे वो रैम हो चाहे वो हमारा हार्ड डिस्क हो एक छोटा सा स्पेस कैप्चर किया अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा रैम और हमारा मेमोरी लिमिटेड नहीं है वो लिमिटेड है तो आज मैं कल उस होगा ही होगा क्या सर आज न कर तो फिल होगा ना सर इसलिए उसको अनलिमिटेड कहना सही नहीं का है कर सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड सिस्टम क्या कर जी बस यही बोल रहा हूं सर बिल्कुल चलिए चार। आगे बने इसी से लिमिट सर्च किया अब इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा स्टडी कुछ नहीं हुआ सर इसको एक बार स्टडी कर लीजिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा ऑप्शंस की मुझे शॉर्टकट भी चाहिए तो यहाँ पे अब देखिये मैं पहले दिन दूसरे दिन बच्चों को शॉर्टकट समझा देता हूं इसलिए समझा देता क्योंकि मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता क्योंकि मैंने शॉर्टकट अगर यूज किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा कमांड यूज किया इसलिए मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूं अब यहाँ पे देखिए की बोर्ड शॉर्टकट इन एक्सल आपको चेक हो दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए एक्सल के सारे के सारे शॉर्टकट आपको यहाँ मिल ठीक है सर सारे के सारे शॉर्टकट्स आपके ओके ओके अब जो है इसको आप रट्टा मारने से नहीं हुआ कि आप इसको संस्कृत के स्लोग या बच्चे का जो इसको चाहिए जैसे आप एंटरप्रेस करने के लिए सोचते नहीं हो आपका उंगली की बोर्ड ऑटोमेटिक की बोर्ड के एंट्री की चला जाता है आप की बोर्ड पर देखते भी नहीं क्यों क्योंकि आपने इतना टाइम एंटरप्रेस किया हुआ है कि आपका माइंड और आपके हाथ के बीच में गैप बन रहा बने की पूरा कंबाइंड हो रखा है जैसे कंट्रोल सी करने के लिए आपको कीबोर्ड पे बहुत कम देखना पड़ता है नहीं भी देखना पड़ता तो उसी तरह से आप हर एक चीज की जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज समझ में आएगी और आपका ध्यान उंगली पे कम जाएगा ठीक है सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें देखिये तो शुरुआत में आपका जो है बहुत ज्यादा ये होगा मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको बोलता हूँ कि आप आप लोग क्या करें कि आपके ऑफिस में घंटे दो घंटे का ऐसा टाइम होगा जहां पे काम बहुत कम हो तो ऐसे सिचुएशन ऐसे जो जहां पे आपके टाइम तो जहां पे आपके पास काम बहुत कम हो उस समय आप जो है माउस से बिल्कुल यूज ना करें की यूज करें धीरे धीरे वो घंटे दो घंटे का टाइम पूरे के पूरे ऑफिस आवर में कन्वर्ट आप ये कीजिए ना कि आप किसी में गए इंटरव्यू करने के लिए और एक्सेल एक्सेल की पे आपको टेक्निकल टेस्ट के लिए और अलग होगा ना सर क्या रवि जी सही बोल रहा हूँ एकदम सही सर यह होना भी चाहिए तो ये चीजें प्रैक्टिस से होगी ना सर ऐसा तो नहीं ना होगी अब बात करते हैं जैसे कि आप जब तो न्यू पे क्लिक करते हैं तो बहुत तो सारे बने बनाए टाइम प्लेट इसका इस्तेमाल तो आप कर सकते हो जैसे कि मान लीजिए आपको इनवाइस बनाना ही है तो आपने यहाँ पे इनवाइस सर्च किए इनवाइस के टाइम्पलेट आ गया क्लिक कीजिए और एनवाइस का पूरा फॉर्मेट आ जाए बस इसी इसके जो लेजेंड्स है जो फील्ड है वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए यो invoice ठीक है लेकिन क्या हम अपने अपने ऑफिस के फॉर्मेट में बोल सकते हैं देखिए आप ऑफिस में आपको जो रिपोर्ट बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं प्रीवियस रिपोर्ट को क्या करते हैं प्रीवियस रिपोर्ट को आप सेव एज करते हैं नए रिपोर्ट्स में क्या प्रीवियस रिपोर्ट को सेव एज करते हैं नए रिपोर्ट्स में और उसकी जो पीछे की जो डेटा है उसको डिलीट करके और फिर उसको नया डेटा एडीप करते हैं करते ना सर तो आप काम करे एक फॉर्मेट मैं आपके सामने एक फॉर्मेट डिजाइन कर रहा हूं छोटा साइन लोकेटिकुलर ना सरिया मैंने ऑनडा लाइन कर दिया इसको भी ऑनडा लाइन कर दिया सर अब इसको आप जो है इसमें हम तो।, तो ये आपके पास एक फॉर्मेट है जो कि हर दिन आपको फिल करना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप आपको सेवेज करते हैं नए डेट में और कल जो आपने फिल किया था उसको डिलीट करते हैं और फिर नया से फिल करते हैं एवरी टाइम नहीं करते हैं सर मान लीजिए तो अब मैंने क्या किया कि इसको सेव एज कर दिया इसको हमने सेव एज कर दिया डेस्कटॉप पे कर देता हूं ना डेस्कटॉप पे हम सेव एज कर देते हैं इसका नाम हम दे देते हैं कैश uh, और इसको यहां वर्कबुक बुक के जगह पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेल और यहां पे सेव मैं इसको क्लोज कर सकता हूं अब देखेंगे कि जो जो कैश का एक तो आइकन अलग है देख रहे आइकन आपको एक अलग आइकन है एक की तरह जो कि डॉक्टर लोग डौक पर्ची मारते हैं उस तरह की है जब इस पे क्लिक करते हैं तो परस बुक बुक है, है। करेंगे और मतलब आपकी ओरिजिनल फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगी और जब भी ओपन करेंगे कैश वन कैश टू कैश थ्री इस तरह से ओपन करेगा जैसे कैश वन एक बार में कई सारे भी ओपन कर सकता है ठीक है सर तो सर ये केवल टैंपलेट के साथ ही है या कोई भी एक के साथ भी। नहीं के सिर्फ टैंपलेट राइट समझ में आ गया आपको यस सर आज हमने आपके साथ फाइल मेनू बारिश में कर दिया नहीं कल से हम बात करेंगे होगा, होगा एडवांस पेस्ट स्पेशल ठीक है ना कॉपी पेस्ट तो आपको आता ही है लेकिन पेस्ट स्पेशल में कुछ चीजें हैं जो की मैं आपको कराऊंगा ये चीज हम आपको कल की क्लास में बताएंगे ठीक है ओके बाय बाय बाय सर तो काम है कि आप लोग शॉर्टकट्स और लिमिटेशन दो को स्टडी करोगे ये आपका होमवर्क है ठीक है सर ठीक है सर ठीक है